आज मैं आप सभी लोगों को राजस्थान की एक रहस्यमय जगह के बारे में बताने जा रहा हूं, जिससे लोग आज तक बेखबर हैं दोस्तों आज की मिस्टीरियस दुनिया इन हिंदी सीरीज की वीडियो में हम एक ऐसे भारतीय मंदिर के बारे में बताएंगे जिधर आज तक रात में कोई नहीं रुक सका अगर किसी ने रुकने की भी कोशिश करी तो वह सुबह पत्थर का बना हुआ पाया गया उसकी किसी न किसी कारण मृत्यु हो गई कैसे कोई व्यक्ति पत्थर का बन सकता है या कैसे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है यह राज आज तक राज ही बना हुआ है यहाँ तक कि जब वैज्ञानिकों ने इस जगह की जांच करनी शुरू की तो उनके सामने जो सच निकल कर आया उसे देखकर उनके भी होश उड़ गए तो चलिए फ्रेंड्स बिना समय बर्बाद कर अपनी वीडियो शुरू करते हैं हम में से कई लोगों ने इसके बारे में सुना ही होगा पर इस मंदिर के बारे में अलग अलग कहानियां बनाई जाती है इस मंदिर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि शाम ढलने के बाद इस मंदिर में कोई रुकता नहीं और इसके आसपास घूम भी नहीं सकता क्योंकि जो भी इसके अंदर या आसपास शाम ढलने के बाद जाता है तो वह इंसान पत्थर में बदल जाता है इसमें कितना झूठ या कितनी सच्चाई है यह तो आप लोगों को वहां जाकर ही पता चलेगा आप लोगों को मैं इस रहस्यमय जगह के इतिहास के बारे में बताने जा रहा हूं। कि केराड़ू मंदिर राजस्थान के बाड़मेर जिले के हाथमा गांव में स्थित है जिसे 11वीं शताब्दी में बनाया गया था यह मंदिर इतना सुंदर बना है इस मंदिर को राजस्थान का खजुराहो के लेकिन 900 साल पुराना यह मंदिर की तरफ कई लोगों का ध्यान नहीं गया है जिसके कारण यह मंदिर गुमनाम अंधेरों में छिपा हुआ है यह मंदिर में एक मंदिर शिव जी का है और दूसरा मंदिर विष्णु जी का है इस मंदिर की दीवारों पर कलाकृतियाँ बनी हुई है जो आपको इतिहास की याद दिला देगी इस मंदिर के इतिहास के बाद इस मंदिर के रहस्य के बारे में बताते हैं वहां के लोगों के अनुसार आज से करीब 900 साल पहले यह केराडू में परमार वंश का राज्य हुआ करता था उस समय में एक दिन एक साधु अपने कुछ शिष्यों के साथ यहाँ पर रहने को आए थे और यहाँ पर कुछ दिन बिताने के बाद उन्होंने थोड़ा और घूमने का निश्चय किया एक दिन वह शिष्यों को बिना बताए रात को कहीं पर निकल पड़े उनके जाने के कुछ दिनों बाद सारे शिष्य बीमार हो गए और उन्होंने गांव वालों से मदद मांगी तो गांव वाले लोगों ने उनकी मदद नहीं की केवल एक कुम्हारिन ने निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा की जिससे उनका स्वास्थ्य ठीक हो जाए साधु घूमने के बाद उसी जगह पर पहुंचे तो उन्होंने अपने शिष्यों को कमज़ोर हालत में देख बहुत गुस्सा हो गए उन्होंने सारे गांव वालों से कहा कि जिस जगह पर इंसान इंसान की मदद नहीं करता तो उनको जीने का क्या हक है और तभी उन्होंने पूरे गांव को पत्थर बनने का श्राप दे दिया शिष्यों की सेवा करने वाली कुम्हारिन को इससे अछूते रखा और शाम ढलने से उसे यहां से बिना पीछे मुड़े इस गांव से निकलने को बोला लेकिन उस महिला ने गलती से पीछे देख लिया और वह भी पत्थर की मूर्ति बन गई नजदीक गांव वालों के पास आज भी उसको महारी की मूर्ति है इसलिए प्राचीन समय में लोग हमेशा साधु महात्माओं को खुश रखते थे 8. इस श्राप के बाद कोई भी शाम ढलने के बाद उस मंदिर में नहीं जाता दोस्तों इसी तरह के और रहस्यमई जगहों की वीडियो देखने के लिए मिस्टीरियस दुनिया इन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में दिया हुआ बेल आइकन भी दबा दें